Hey नमस्कार आप लोगों का टॉप टेन क्लासेस के प्यारे से YouTube फैनल पर स्वागत है गाइज आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की प्रकाश की आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे चिन्ह परिपाटी की फोकस दूरी और कृता त्रिजा में संबंध और दर्पण के सूत्र की तो प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपके टाइम को गवाए हुए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिएगा चलिए प्यारे बच्चों लेक्चर को परिपाटी का मतलब है कि आप ये समझ लीजिए कि जितना आप न्यूमेरिकल लगाएंगे हर एक न्यूमेरिकल के लिए किसकी दूरी धनात्मक होगी किसकी दूरी ऋणात्मक होगी प्यारे बच्चों और ये जो क्लास है वो दस और बारह दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है तो भैया ध्यान दीजिएगा हम लोग चिंता इसलिए समझ रहे हैं आइए ध्यान से देखते हैं सबसे पहले इनका जो नियम होता है सभी जो दूरियां होती हैं चाहे वस्तु की दूरी हो चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो चाहे फोकस दूरी हो चाहे किसी की भी दूरी हो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है सभी प्रकार की जो दूरियां होती हैं, वो दर्पण के कहा से मापते हो ध्रुव से चाहे ध्रुव से आप दाएं जाइए चाहे ध्रुव से बाएं आइए सभी दूरियां आप ध्रुव से ही मापना स्टार्ट करोगे इस बात को ध्यान दीजिएगा क्या ये बात आपको समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? कि सभी जो दूरी होगी जैसे मुझे यहां पर कोई प्रतिबिंब बन गया उत्तल दर्पण में तो उत्तल दर्पण में आभासी बनता है प्रतिबिंब तो प्यारे बच्चों, जब पर प्रतिबिंब की दूरी यहां से तक आ ऐसे तो ही कहना चाह रहा हूं आपसे दूरियां होगी वो दर्पण के ध्रुव से मापेंगे यदि दर्पड़ के दाए तरफ दर्पण के दाए तरफ की दूरी सदैव धनात्मक होती है तो भैया दाएं हाथ आपका इधर है तो इधर की दूरी क्या हो गई धनात्मक हो गई और बाएं तरफ की दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है दर्पण के बाएं तरफ की दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है और दाएं तरफ की दूरी क्या होती है धनात्मक होती अब हम बात कर ले मुख्यक्ष के ऊपर की और मुख्यक्ष के नीचे की तो मुख्य के ऊपर की जो लंबाई होती है या हम कहते मुख्य के ऊपर की जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है और नीचे की जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है ये हमने लगा के दिखाया प्यारे बच्चों यहाँ से कोई वस्तु ए बी रखा है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है ये मुख्य अच्छ के नीचे बन रहा इसलिए ये ऋणात्मक है प्यारे बच्चों और ये मुख्य अच्छ के ऊपर बन रहा है इसलिए ये धनात्मक है क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी कि मुख्य के ऊपर की लंबाई सदैव धनात्मक होती है नीचे की लंबाई सदैव ऋणात्मक होती है दाएं तरफ की दूरी धनात्मक होती है बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है क्या इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी पैर बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा लास्ट चीज हम समझ लेते हैं पैर बच्चों की हमने कल चर्चा किया था जब फोकस दूरी बता रहे थे इससे पिछले वाले क्लास में आ, आ, आ, आपको देखे होंगे तो मैंने बोला था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो क्यों कहा था क्योंकि जो दूरी क्या होती है धनात्मक होती है और जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो दर्पड़ के बाय तरफ होती है इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है ये रही प्यारे बच्चों चिन्ह परिपाटी अगर आप पूरा फुल डिटेल वाली क्लास जानना चाहते हैं तो डिटेल की क्लास लिंक में पड़ा हुआ प्यारे बच्चों आप वहां से जाकर देख सकते हैं आपको बता दी गई है ठीक आप वहां से देख सकते हैं एक लास्ट चीज चर्चा करेंगे आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है उसे आप कह लीजिए ये आपके लिए क्या है भैया सुपर डोज का काम करेगा किसका काम करेगा सुपर डोज का काम करेगा ये उस सुपर डोज की बात करते हैं वो सुपर डोज ये है कि प्रकाश प्रकाश जिस दिशा में जा रहा है प्रकाश जिस दिशा में जाता है जिस दिशा में जा रहा हो उस दिशा में मापी गई दूरी उस दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक मापी गई दूरी धनात्मक तथा विपरीत दिशा में क्या तथा विपरीत दिशा में मापी गई दूरी मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है यही है प्यारे बच्चों आपके लिए सुपर डुपर वाला डोज ध्यान दीजिएगा आपको बाएं दाएं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस बात को ध्यान देना प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया कि प्रकाश किरणें प्रकाश किरणें अगर इस दिशा में जा रही हैं प्रकाश किरणें इस दिशा में जा रही है तो भैया अगर आप इसी दिशा में यदि प्रकाश इसी दिशा में जा रही हैं और ध्रुव से आप इसी दिशा में दूरी मापोगे जैसे मैंने कहा कि दर्पण के पीछे एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है और बताओ आप इस व्यक्ति की दूरी और प्रकाश इधर से इधर की तरफ जा रहा और एक व्यक्ति दर्पण के इधर खड़ा है तो बोलो क्या होगा प्यारे बच्चों ये दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा और ये दर्पण के लिए आभासी प्रतिबिंब का काम करेगा आप बताओ इसकी दूरी धनात्मक होगी इसकी दूरी तो प्यारे बच्चों जब आप दूरी ध्रुव से मापोगे तो ध्रुव से इधर जाओगे तो प्रकाश के दिशा में जा रहे हैं ना तो प्रकाश की दिशा में जाने पर ये दूरी आपकी धनात्मक होगी और प्रकाश के विपरीत दिशा आने में ये जो दूरी है आपकी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों ऋणात्मक हो जाएगी इस बात को ध्यान दीजिएगा यही चीज मैं आपको वहां पर बता रहा हूं आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध की तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आप फोकस दूरी को प्यारे बच्चों हमने पिछले वाले लेक्चर में चर्चा किया था स्मॉल एप से व्यक्त करते हैं और वक्रता त्रिज्या को हम लोगों ने व्यक्त किया था इसमाल कैप्टन आर दोनों कह सकते हैं फिलहाल में।, तो में क्या संबंध होता है प्यारे बच्चों थोड़ी सी डिटेल वाली जानकारी हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि हम उन टॉपिकों का चर्चा कर रहे हैं जो की बेसिक चीजें प्यार बच्चों और एक बात और बता देना चाहते हैं कि ये जो ये वाली जो क्लास है पूरी डिटेल से जो क्लास है दर्पण के लिए और उत्तल दर पगले दोनों का जो लिंक है लिंक है वो आपको आई कार्ड के आई कार्ड में दिखाई पड़ रहा होगा या तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप वहां से उसको ओपन करके देख सकते हैं चलिए हम यहाँ पर समझते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है तो जो फोकस दूरी होती है प्यारे बच्चों वो दर्पण के वक्रता त्रिज्या के सदैव आधी होती है यही चीज कहना चाह रहा कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के क्या होती है आधी होती है अर्थात चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो किसी की भी फोकस दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिजा की क्या होगी आधी होगी प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान दीजिएगा वक्रता त्रिज्या बटे क्या हो जाएगा दो हो जाएगा यही है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध अगर कभी कभी वक्रता त्रिज्या पूछ लेता है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वक्रता त्रिज्या आपको प्राप्त हो जाएगी क्या हो जाएगा वक्रता त्रिज्या बराबर दो गुने फोकस दूरी यानी इस बात को आप जरा सा समझिए कि जो वक्रता त्रिज्या होती है प्यारे बच्चों वो फोकस दूरी का क्या होता है दो गुना होता है जो ये वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी का क्या होता है दो गुना होता है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होती है आधी होती है अब यही संबंध आपका औतल के लिए भी होता है और यही संबंध आपका उत्तल के लिए भी होता है अब प्यारे बच्चों बात आई कि आप ये संबंध कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे तो इसका जो इसका जो संबंध है इसका जो डेरिवेशन है वो हम लोगों ने कराया है इससे पहले आपको वो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है आप वहां से देख सकते हैं अब थोड़ी बहुत इसपे कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है प्यारे बच्चों एक नंबर या दो नंबर की बहुविकल्पी प्रश्न बन जाते हैं तो उन सबका चर्चा हम लोग वीडियो के बाद में करेंगे कुछ सवाल इस फार्मूले पर भी और दर्पण के सूत्र पर भी इन दोनों फार्मूले पे क्लास की चर्चा जरूर होगी तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा फुल वीडियो देखने के लिए आप वहां से देख लीजिएगा प्यारे बच्चों तो गाइज हमारी नेक्स्ट टॉपिक है गोली दर्पण के लिए सूत्र गोली दर्पण के लिए सूत्र या तो हम लोग इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं यू वी और ये संबंध इसी को हम लोग एक नए नाम से जानते हैं यू वी व यप में संबंध यही प्यारे बच्चों आपके क्लास में भी है ये एक नए नाम से जाना जाता है कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है कि आप बताओ यू और वी और यप में संबंध याद कीजिए तो प्यारे बच्चों ये दोनों का आंसर एक ही है चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो उन दोनों दर्पणों के लिए जो संबंध होता है वो ये होता है एक बटे वी एक बटे वी बराबर होता है एक बटे अब ये जो शब्द आए हैं अगर उनका आपको अर्थ लिखना है प्यारे बच्चे तो वो भी जान जाइएगा जो u होता है u होता है वो वस्तु की दूरी होती है कि u क्या होता है वस्तु की दूरी वस्तु से दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होता है वो u बताता है क्या बताता है यू बताता है और जो वी होता है वी होता है प्रतिबिंब की दूरी किसकी दूरी होती है प्यार बच्चों प्रतिबिंब की दूरी होती है प्रतिबिंब की दूरी और जो यफ होता है वो यफ होता है फोकस दूरी क्या होता है फोकस दूरी होती है ध्यान दीजिएगा यफ क्या होती है फोकस दूरी होती है यु वस्तु की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी है और ये प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से तो चाहो तो आप यहां लिख सकते हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी और ये दर्पण से क्या है प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v होता है और फोकस दूरी कौन होता है f होता है, प्यारे बच्चों इसका ये जो संबंध है एक बटे वी, वी प्लस एक बटे यू बराबर एक बटे एफ अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जी इसका डेरिवेशन क्यों नहीं कराए हैं तो प्यारे बच्चो इसका जो डेरिवेशन है वो हम लोग अलग वीडियो में अलग वीडियो में बनाया है इस इसका जो फुल डेरिवेशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको आई कार्ड पे दिखाई पड़ रहा है आप या वहां से देख सकते हैं मिल जाएगा आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप अगर वो क्लास देख के आएंगे तो आपको ये एकदम हलवा एकदम मक्खन सा लगने लगेगा तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा प्यारे बच्चों तो अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे बताइएगा तो हम उसकी समाधान करेंगे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर हम आगे की टॉपिक को चर्चा करते हैं तो गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेखीय आवर्धन जिसे हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं पहले बच्चों रेखीय आवर्धन क्या होता है आइए हम समझ लेते हैं रेखी आवर्धन क्या होता है रेखी आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वह रेखी आवर्धन कहलाता है अर्थात दर्पण के सामने आपने कितना बड़ा वस्तु रखा है और दर्पण उस वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बना पा रहा है उन दोनों का जो रेशियो होता है वही रेखी आवर्धन कहलाता है इसे हम इस्म से व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों एक बार फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ इस रेखीय आवर्धन क्या होता प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात प्रतिबिंब कितनी बड़ी बनी है और साथ में वस्तु कितना बड़ा रखा गया था तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं इसे हम लोग इसमाल m से व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों और इसका जो व्यंजक होता है वो हम लोग देख लेते हैं और साथ साथ में इसका व्यंजक आता कहां से डेरिविएशन के साथ देखेंगे प्यारे बच्चों ते उसके लिए हम लोग कुछ डायग्राम बना रहे हैं तो सबसे पहले एक औतल दर्पण बनाएंगे चाहे अवतल बनाइए चाहे आप उत्तल बनाइए के लिए प्रोसेस बनाया। ये एक बन गया ठीक, फिर उसके बाद अब इस पे हम लोग एक मुख्य अक्ष का निर्माण कर देते हैं ये रेखा हो गई मुख्य अक्ष ये हो गई दर्पण का ध्रुव और यही कहीं दर्पण का मुख्य फोकस होता है और यही कहीं क्या होता वक्रता केंद्र होती है इस बात को जरा सा समझिएगा अब मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि कोई वस्तु है कोई वस्तु है जो कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा है मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है ए बी ये कोई वस्तु ए और बी है ये देखिए ये कोई वस्तु ए और बी है ध्यान से देखिएगा ये कोई वस्तु ए और बी है जो कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा है तो आपने इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है कैसे बनता है आपने बना के देखा प्यार बच्चों तो चलिए इससे पहला होता है कि जब इससे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें दर पर हैं और कहा से होकर जाती हैं मुख्य फोकस से होकर जाती है तो इसका हम लोग डायग्राम इस प्रकार <Hahn throat> अब दूसरा क्या बताया गया था दूसरा ये बताया गया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश कीड़े होती है वक्रता केंद्र से होकर जो जाने वाली प्रकाश कीड़े होती है वो क्या होती है जिस मार्ग से गई रहती है पुनः उसी मार्ग से क्या होती है वापस लौट आती है तो लगभग ये ठीक तो ये दरपण से जाके टकरी और जिस मार्ग से गई रहेंगी उसी मार्ग में वापस लौट आएंगी ये दोनों किरणे जहां काटती हैं प्यारे बच्चों वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है प्रतिबिंब क्या बनता है बी बनता है और ए बनता है ठीक चलिए ये प्रतिबिंब बन गया आप समझिए से आपको समझने में आसानी होगा कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं रेखीय आवर्धन ये होता है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है और वस्त कितना बड़ा बना है इसी को हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं यहां बिंदु M का नाम दे देते हैं एक बार अब रेखी आवर्धन का सूत्र लिख देते हैं रेखी आवर्धन रेखी आवर्धन जो होता है उसे हम M से व्यक्त करते हैं रेखीय आवर्धन M बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई किसकी लंबाई प्यारे बच्चों प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई को हम यहाँ A डैश बी डैश दिखा रहे हैं या हम कह दे आई दिखा दें। या हम क्या कह दे आई यानी यहां से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वो आई हो जा रहा है प्यार बच्चों दिख रहा होगा आपको ये आई है और ये ये टोटल क्या मान लेते हैं ओ मान लेते हैं तो प्रतिबिंब की लंबाई को आई से दिखा दे रहे हैं और वस्तु की लंबाई को किस से दिखा दे रहे हैं ओ से तो क्या हो जाएगा ये ध्यान दीजिएगा तो प्रतिबिंब की लंबाई और साथ में क्या हो जाएगा वस्तु की लंबाई वस्तु की लंबाई ठीक जिसे हम ओ से दिखाते हैं अब ध्यान दीजिए अगर इसे हम सांकेतिक रूप में लिखना चाहें यम बराबर क्या हो जाएगा अब बताइए प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य के नीचे है तो मुख्य के नीचे है तो मुख्य नीचे की लंबाई ऋणात्मक होती है ऊपर की लंबाई धनात्मक होती है तो I जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो माइनस में हो जाएगा और जो ओ है वो आपका धनात्मक है तो ओ आपका धनात्मक रहेगा ये हो गया रेखी आवर्ध उनका व्यंजन अब ये फार्मूला आता कहां से प्यारे बच्चों आइए हम उसकी शुरुआत कर लेते इसका डेरिवेशन कर लेते हैं ये फार्मूला आया कहां से है उत्पत्ति कर लेते हैं इसकी तो अब जो हमारी अगली चर्चा करने वाले हैं वो है उत्पत्ति यानी ये आया कहा से इसकी बात करेंगे हम आइए ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, इसकी उत्पत्ति करने के लिए हम लोगों को एक रचना करना पड़ेगा वो रचना ये है कि बी से पी पर एक जो है बी ओ पी को मिला दिए प्यारे बच्चों B से P को मिला दिया और साथ में B डैश को इससे मिला दिया देख रहे ठीक आपने देखा तो रचना जो किया है वो रचना क्या है B और P को मिलाया और P और B डैश को मिला दिया तो ये चीज भाई रचना की हो तो ये बात आपका बनता है आपने किया क्या है रचना में हम लिख देंगे रचना में ये चीज लिखेंगे जरूर रचना में क्या होगा कि आपने बी और पी को मिलाया रचना में बीपी को मिलाया बीपी तथा इसी में साथ में लिख लीजिए तथा बी डे पी को मिलाया बी डे पी को मिलाया को मिलाया साथ में यम से एक लंब खींचा यम से क्या खींचा एक लंब खींचा जाने दीजिए प्यारे बच्चों आपको इस लंब की जरूरत नहीं पड़ने वाली कुछ भी नहीं जरूरत पड़ेगी जाने अब देखिए ध्यान से क्या आपने रचना इतना कर लिया अब हम करते क्या इस जब आपने रचना किया तो वहां दो त्रिभुज बन गए एक त्रिभुज बना ए बी पी और एक बना ए डी डी तो इसी त्रिभुज को अगर हम समारूप सिद्ध कर ले इन्हीं दोनों त्रिभुज को समारूप सिद्ध कर ले तो हम आराम से इस फॉर्मूले की उत्पत्ति कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं त्रिभुज ए बी पी जब आपने रचना किया बीपी और बीड एस को मिलाया तो चित्र डायग्राम में एक त्रिभुज बना ए बी पी त्रिभुज ए बी पी तथा अगला जो त्रिभुज बना प्यारे बच्चों, अगला जो त्रिभुज है वो है एड एस बी डी त्रिभुज एड एस बी डी में आइए देखते हैं दोनों त्रिभुज को हमको समरूप से दिखाना तो सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें तो ये जो एंगल है वो एंगल और ये वाला जो एंगल है ये दोनों एंगल आपको दिखाई पड़ 90 डिग्री के तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल ए डैश एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा एंगल ए डैश क्यों बराबर है तेरे बच्चों क्योंकि जो दोनों है ये आपके दोनों समकोण है दोनों क्या है समकोण है इसलिए आपस में क्या होगा गया सेम टू सेम यानी डिटू वानी बराबर हो गए अब आप देखिए अगला चीज अगला चीज आप क्या देख पा रहे होंगे कि अगला चीज ये देख पा रहे होंगे ये वाला चीज ये ये I होता है ये R होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कोई प्रकाश किरण यहाँ से गई अब मान लेते हैं ये कोई प्रकाश किरण थी यहां से गई यहां से टकराई यहां से लौट आई तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसे हम लिखेंगे बी पी एड एस एंगल बीपीएडस यागल आई बराबर क्या हो जाएगा एंगल आर परावर्तन के नियम से परावर्तन के नियम से ये दो दोनों है भैया आपस में क्या है सेम है अब बताओ प्यारे बच्चों हाई स्कूल की क्लास में हमने पढ़ा था कि यदि दो त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाए यदि किन्ही दो त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के भैया समरूप होते हैं तो अब हम लगा सकते हैं एंगल एंगल एए समरूपता नियम से एए समरूपता नियम से ये जो दोनों त्रिभुज है वो दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है दोनों त्रिभुज कौन कौन त्रिभुज ए बी पी समूप है त्रिभुज एड एस बी डी ये दोनों त्रिभुज क्या है प्यारे बच्चों एक दूसरे के समरूप है अब जब ये दोनों एक दूसरे के समरूप है तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि जो इनका संगत अनुपात है वो आपस में क्या होगा बराबर होगा अब बताओ लिखा जा सकता है समरूपता के नियम से एड एस बीड एस क्या लिख सकते हैं एड एस बीड एस अपान क्या हो जाएगा ए बी अपान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ए बी ये आपस में बराबर होगा किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान दीजिएगा वो किसके बराबर हो जाएगा ध्यान से ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों एड एस पी एड एस पी क्या हो जाएगा एड एस पी बटी क्या हो जाएगा ए पी आप यही जो चार अक्षर मैंने लिखा है ये चीज आप समझ लीजिए बस समरूपता का नियम कहता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो आपस में समान होगा अर्थात अगर इनका अनुपात इनके साथ और इनका बड़े का अनुपात छोटे के साथ दोनों का अनुपात सदैव आपस में क्या होगा बराबर होगा भैया ये मैंने चीज लिखा है समरूपता के नियम से समरूपता के नियम से हाई स्कूल में जरा सा अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बढ़िया है प्यारे बच्चों ये चीज आपको याद होगा समरूपता के नियम से आइए अब सबकी वैल्यू रख लेते हैं ए बी क्या है ए डैस बी डैस क्या है तो ए डैस बी डे ए डैश बी डैस को आपने आई का नाम दिया है तो प्यारे बच्चों चिन्ह परिपाटी के साथ रखेंगे तो आई आई मुख्यच के नीचे की लंबाई है इसलिए ये ऋणात्मक होगी और AB को आपने O नाम दिया है तो AB क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों O और वो ऊपर की लंबाई है इसलिए धनात्मक होगी अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों अब ए डी सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं P से A एस की तरफ आओगे तो P से एडस तो जो प्रतिबिंब बनता था प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v से व्यक्त करते हैं ये तो हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा है और वस्तु की दूरी को हम लोग u से व्यक्त करते हैं वो हमने यहां बता दिया लो अब देखो सारी दूरिया आप दर्पण के बाएं तरफ नाप रहे हो ये दाया है दाए में कोई दूरिया नहीं है तो मतलब इधर की सारी दूरिया ऋणात्मक होगी दूरिया में बोल रहा हूं लंबाई नहीं बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों अब देखो भाई A से P कितना V परंतु यहां माइनस वी लिखेंगे चिन्ह परिपाटी कहती है अब ए पी कितनी U तो ये भी माइनस होगा ये कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा इसे हम यम के यम के नाम से भी जानते हैं यम बराबर होता है माइनस आई बटे ओ माइनस आई बटे ओ अर्थात इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं यम लिख सकते हैं क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो रही होगी बिल्कुल बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों अब हम माइनस का गुणा इधर कर दें तो क्या आ जाएगा माइनस का जैसे गुना करोगे तो यहाँ i बटे o बचेगा उधर माइनस जाएगा प्लस नहीं होगा माइनस का गुणा कर रहे हो अब माइनस वी बटे यू हो जाएगा और इसी i बटे ओ का रिलेशन ये आ गया माइनस वी बटे यू अब हम i बटे ओ को यम के नाम से जानते हैं तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों जब हम इस रूप में लिखना चाहेंगे तो यम बराबर आएगा i बटे ओ बराबर आप ध्यान दीजिएगा रेखी आवर्धन यानी समय हम इन दोनों का भी उपयोग करेंगे इनको इनको भी और इनको इनके साथ भी उपयोग किया जाएगा तो गैज इस प्रकार रेखी आवर्धन की जो टॉपिक है वो यहां पर समाप्त होता है आई होप कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की डाउट नहीं हुई होगी अगर किसी भी प्रकार का डाउट रह गया होगा प्यारे बच्चों तो प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट सेशन में कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों तब हम देखते हैं आपकी समस्या है कहा तो शेयर कर दीजिएगा उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की क्लास में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा अगर कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए प्यारे बच्चों थैंक यू ऑल डी स्टूडेंट जय हिंद जय भारत